हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन मेरे सारे वीडियो ज़्यादातर एक्सपर्ट प्लेयर को बहुत ही हेल्प करने वाले हैं मोस्टली जो भी ओपनिंग्स में बनाता हूँ एक ही ओपनिंग पे लगातार तब तक मैं वीडियो डालता हूँ जब तक वो ओपनिंग के सारे वीडियोस सारे वेरिएशन खत्म नहीं होते तो दोस्तों मैंने लास्ट फोर वीडियोज़ में सीसीयन अगेंस्ट मोरा गैम्बेड के वीडियोज़ आपको दिखाए हैं आज मैं आपको उसी सिसन के बारे में एक ऐसी गेम सबसे पहले बताना चाहूँगा जो मैंने खुद ने खेली है और ऑन बोर्ड बहुत अच्छे मूव निकाल के मैं गेम जीता हूँ दोस्तों सिर्फ ओपनिंग सीखने से आप टूर्नामेंट में या कोई गेम में जीत नहीं सकते ओपनिंग सीखने के बाद मिडल गेम का प्रिपरेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए बहुत सारी पजर्स की होनी चाहिए पहले और तभी आपको बोर्ड ऊपर ऑन बोर्ड अच्छे मूव्ज मिलेंगे सेक्रीफाइस वाले मूव से ही आपको गेम जिता सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टूर्नामेंट में जीत नहीं सकते कोई भी अपने आप को मान लेता है कि नहीं मैं हर बार आता हूं तो कभी जीत नहीं सकता ऐसा पॉसिबल नहीं है बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं टूर्नामेंट में जो अन्य वन होके आके खेलते हैं और चैम्पियन भी बन जाते हैं तब हमें पता चलता है ये कितना अच्छा खेल है ना कि उसका फिडे रेटिंग होता है लेकिन फिर भी उसकी गेम सबको हैवी होती है अब आप देखिए मेरी खुद की आ, मैं हिस्ट्री बताऊँ आपको तो 2007 में मैं जब पहली बार टूर्नामेंट खेलने गया था बड़ोड़ा में मुझे कोई भी जानता नहीं था महाराजा गायकवाड़ की टूर्नामेंट थी जिसमें मैं 11 राउंड खेल के 9 एंड हाफ पॉइंट करके मैं चैम्पियन बना था ये तस्वीरें उसी चैम्पियनशिप की है और उसके बाद मैंने हिस्ट्री रिपीट की रिसेंटली 2022 में 2022 में मैं फिर से उसी गायकवार महाराजा के टूर्नामेंट में फिर से 10 राउंड खेल के 9 एंड हाफ बना के चैंपियन बना इसका मेन रीज़न क्या है कि मिना विल पावर मैं खुद ही जाके ट्राई करता हूँ कि ये टूर्नामेंट में मुझे सभी को हराना है चाहे कुछ भी हो जाए ऑनबोर्ड में मुँह निकालूँगा तो जब आप गेम खेलने जाते हो तो सबसे पहले तय कर लो कि मैं किसी से हारने वाला नहीं हूँ ऑनबोर्ड मुंह निकालूंगा और मन ही मन में आप ये तय कर लो कि मुझे जीतना ही है तभी आप गेम जीतोगे चाहे सामने रिटायर्ड प्लेयर हो या आईएम प्लेयर हो या जीएम प्लेयर हो आप किसी को भी हरा सकते हो मैंने मेरी दोनों टूर्नामेंट में ऐसे तो बहुत सारी चैम्पियनशिप में जीत चुका हूँ लेकिन इस दोनों टूर्नामेंट में बहुत ही प्लेयर जो बहुत ही फेमस प्लेयर्स थे उन सभी को मैंने हराया था और ऐसे इजीली हराया था जब आप मान ही नहीं सकोगे मैं आज आपको सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और सीशिलियन मोरा गैम्बिट की एक गेम दिखाऊंगा तो सबसे पहले ये दोनों तस्वीर जो मैंने 2007 में चैम्पियनशिप जीती थी महाराजा गायक वार ने मुझे ट्रॉफी इनायत की थी और 2022 में मैं फिर से हिस्ट्री रिपीट करके जीता हूँ सेम टूर्नामेंट सेम प्लेस और सेम पॉइंट नाइन एंड हाफ तो देखिए तस्वीरें तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं वो वाली गेम जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था सिसिलियन मोरा गैमेट जिसमें ई सिक्स एन सेवन वेरिएशन में काफी कैलकुलेटेड सेक्रीफाइस बहुत सारे सेक्रीफाइस इसमें आपको देखने को मिलेंगे और हर एक मूव के पीछे बहुत बड़ा रीजन है तो देखिए ई फोर सी फाइव डी फोर सेकंड मूव c क्रॉस डी फोर सी थ्री डी क्रॉस सी थ्री नाइट क्रॉस सी थ्री नाइट सी सिक्स नाइट एफ थ्री ये सारे नेचुरल मूव है आपके हर एक गेम में ज्यादा से ज्यादा मोरा गेम गेम में इतने मूव्स तो आ ही जाएंगे रेर केस में कोई मूव चेंज होता है यहाँ पे ई सिक्स डी सिक्स ऐसे बहुत सारे वेरिएशन है जैसे कि जी हम सारे वेरिएशन देख चुके हैं मैं जो गेम दिखा रहा हूं उसमें ब्लैक ई सिक्स बिशअ सी फोर Short Castle एन जी ई सेवन ये याद रखना एन जी ई सेवन और ई सिक्स वाले वेरिएशन में नाइट डी फाइव सेक्रीफाइस कभी भी आ सकता है तो देखते हैं कैसे आएगा बिशअप जी फाइव यहां पे ब्लैक ने रिप्लाई दिया एप सिक्स बिशअप ई थ्री बी फाइव थ्री नाइट जी सिक्स इसके बाद अगर आपने कुछ नहीं किया तो ब्लैक की गेम काफी डेवलप हो जाएगी जैसे कि नाइट ई फाइव और बिशअप बी फोर वगैरह बहुत सारे मूव्स है बिशअप ई सेवन और आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे तुरंत अटैक होना जरिए है राइट टाइम पे राइट सेक्रीफाइस होना चाहिए ओपनिंग हो गई व्हाइट ने कैसल कर दिया ब्लैक का किंग सेंट्रल में है दो नाइट डेवलप है और व्हाइट के सारे पीसेस अटैक में अगर इस पोजीशन में आपने कुछ नहीं किया तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे तो देखते हैं नाइट डी फाइव यहाँ पे ब्रिलियंट सैक्रिफाइस नाइट डी फाइव मैंने दे दिया है यहाँ पे नाइट डी फाइव नेक्स्ट थ्रेट है मेरी क्वीन को ट्रैप करने का मतलब बिशब बी सिक्स और कोई इनके पास कोई स्पेस नहीं है तो इसका रिप्लाई ब्लैक को फोर्सफुली पॉन टेक्स नाइट मारना ही पड़ेगा यहां पे ई टेक्स डी फाइव नाइट ई फाइव नाइट ई फाइव के बाद नाइट टेक्स ई फाइव ब्लैक ने यहां पे एफ टेक्स ई फाइव किया है पॉन डी सिक्स यहाँ से शुरू होते हैं वन बाय वन सेक्रीफाइस कैसे सैक्रीफाइस गिन सकते हैं हम तो सबसे पहले हमने देखा कि किंग को जो ई सेवन स्क्वायर है उसे डी सिक्स ने कंट्रोल किया है एफ सेवन स्क्वायर पे हमारा लाइट स्क्वायर बिश पावरफुल है जो किंग को रोके रखा है यहाँ पे किंग एकदम तेल हो जाता है बिशअ भी बाहर नहीं आ सकता यहाँ पे एफ ब्लैक ने यहाँ पे ई टेक्स एफ किया और अब आप सोचोगे कि बिशअप एफ फोर पर नहीं एक अलग ही मूव है यहाँ पे रुक ई फिर से दोस्तों बिशअ बी सिक्स डिस्कवर चेक और हमें क्वीन लेने की तैयारी है तो ये भी मूव फोर्स होगा पॉउेक्स बिशअ अब यहाँ पे रुक टेक्स पाउन चेक आप देख सकते हो किंग के पास कोई भी स्पेस नहीं है तो बिशप e7 सेवन ओनली मूव और सबसे पहले b6 नहीं आ जाए, इसलिए क्वीन d4 खेलना मुझे जरूरी लग रहा है तो क्वीन d4 बहुत ही बेहतरीन मूव है ब्लैक क्या रिप्लाई देगा तो ब्लैक ने खेला है क्वीन b8। अब यहां पे क्वीन भी, ले लिया. अभी भी मैं एक पीस डाउन हूँ यहाँ पे देख सकते हो अभी भी एक पीस डाउन है पीस डाउन में गेम जीतना बहुत ही डिफिकल्ट है लेकिन इस पोजिशन में डिफिकल्ट नहीं है टैक्टिकल मूव्स आपको ऑन बोर्ड निकालने होते हैं क्वीन ए सेवन और यहां क्वीन ए सेवन उसकी बहुत ही बड़ी मिस्टेक और वन बाय वन सारे मूव्स आप देख सकते हो बिशप्त एफ सेवन सेक्रीफाइस किंग के पास कोई स्पेस नहीं है तो किंग क्रॉस एफ सेवन रुक एफ वन ये मैंने दो मूव्स सोची है पहले रुक एफ या पहले क्वीन बनाओ तो सबसे बेस्ट ऑप्शन पहले e8 प्रमोट द क्वीन e8 क्वीन बनाने के बाद रूक एट वाला e8 पे आएगा क्योंकि रूक a क्रॉस e8 पॉसिबल नहीं है ये क्वीन क्वींटेक्स क्वीन फ्री में मिल जाएगी अब रूक a f1 चेक अब किंग के पास एक ही जगह है किंग g8 और फाइनल मूव जिसमें ब्लैक ने रिजाइन कर दिया क्वीन क्रॉस एवन अब देखो यहाँ पे अगर ब्लैक क्वीन क्वीन रुक लेता है तो सिंपल रुक रुक नाइट सिंपलोज एंड रुक चेक मेट तो दोस्तों कैसी लगी गेम कमेंट में जरूर बताना और वीडियो शेयर करना मत भूलिए हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए वीडियो में ऐसी बहुत सारे गेम्स में आपको दिखाऊंगा वन बाय वन तो ये थी सिसिलियन मोरा गैम्बिट के बेहतरीन गेम तो आज मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैं बताऊंगा तो सबसे पहले आज ही के वीडियो में हम देख लेते हैं कि सिसिलियन में कई लोग डिक्लाइन खेलते हैं डिक्लाइन मतलब मोरा गैम्बिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको कैसे खेलना है मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा क्योंकि डिक्लाइन बहुत कम लोग करते हैं एक्सेप्टेड ही खेलेंगे e4 c5 डी पे d4 c takes d4 कुछ लोग ये मार के बाद में next move में जब आप c3 करते हो तो नाइट f6 करके डिक्लाइन करते हैं तो नाइट f6 में आपको खेलना है e5 उसके बाद नाइट d5 फाइव देन क्वीन टेक्स डी और नाइट के ऊपर अटैक आएगा तो e6 सिक्स यहाँ पे ब्लैक खेलेगा e6 के बाद आपको खेलना है नाइट f3 ब्लैक ब्लैक नाइट करेगा क्वीन क्वीन के ऊपर तो E4, उसके बाद खेलेगा और यहां आपको खेलना है सब, B4, या फिर आप सी फोर भी कर सकते हो तो इसी ओपनिंग के सारे वेरिएशंस लेके आपको अब क्या करना है कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो सभी आप इकट्ठा कीजिए एक बुक में नोट डाउन कीजिए और ये सिसिलियन मोरा गैम्बिट वाइट से खेलने का ट्राई कीजिए और मुझे पक्का यकीन है आपको बहुत ही मजा आएगा खेलने के और बहुत ही अटैकिंग लाइन है आप किसी भी कितने भी रेटेड प्लेयर के सामने अटैक से ही खेल खेलोगे जैसे कि ज़्यादा रेटेड के सामने अगर हम परफेक्ट ओपनिंग खेलने जाते हैं कि सीसी के सामने ज़्यादातर लोग क्या खेलते हैं तो मेन मूव है ए फोर नाइट एफ Uh, D6 सिक्स डैन डी ये सारे मेन मूव्स है तो मेन मूव्स में सामने वाले के जो ग्रैंड मास्टर या आईएम लेवल के प्लेयर होते हैं उनका बहुत प्रिपरेशन होता है जो आपको किसी भी मूव में पकड़ सकते हैं लेकिन मोरा गैम्बिट एक ऐसी लाइन है आप उसको कभी भी टैक्टिक से हरा सकते हो तो ये तैयारी आपको इस प्रकार करनी है मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शुरुआत करूंगा स्कैंडियन डिफेंस का पूरा चैप्टर लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए जल्दी ही मैं बना के आऊंगा तो स्कैंडियन डिफेंस उसके बारे में आपको एक में एक या दो गेम अभी बता रहा हूँ तो ध्यान से देखिए तो देखिए दोस्तों स्कैंडियन डिफेंस मेरी बहुत ही फेवरेट लाइन है बहुत ही गेम में स्कैंडियन से खेल चुका हूँ और बहुत सारी गेम्स जीता हूँ मेरे जीतने का रेशियो उसमें एटी विन है तो आपको इसलिए ये लाइन सिखाना चाहता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो से स्कैंडिनेवियन डिफेंस यानी सेंटर काउंटर उसका दूसरा नाम है जिसकी सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है अभी भी कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो वन बाय वन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्कैंडियन में मेरे पूरी जिंदगी भर का जो नॉलेज है मैं उसमें दिखा रहा हूँ आपको तो शुरू करते लास्ट टू गेम जो है मेरी वो है स्कैंडिनेवियन डिफेंस के बारे में तो स्कैंडिनेवियन डिफेंस ये ओपनिंग अभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ सिर्फ गेम दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू से सीखेंगे उसके बहुत सारे वेरिएशन है यानी कि थर्ड एन एर्ड डी फोर थर्ड सी बहुत सारे व्हाइट खेल रहा है ई फोर यहाँ पे तो ई फोर के अगेंस्ट ब्लैक से डी ये मेरा पहला मुंह होता है पॉन टेक्स फोन आप देख सकते इस गेम में सामने वाला जो प्लेयर है टू वन डबल फोर रेटिंग वाला है मेरा रेटिंग टू वन फाइव सेवन है मतलब मेरे बिल्कुल करीब वाला प्लेयर है इक्वल मेरे फिर भी कैसे मैं गेम जीता हूँ उसमें नाइट एफ सिक्स फोर इसमें मॉडर्न वेरिएशन है नाइट एफ सिक्स उसके बारे में हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे नाइट एफ इसे कहते हैं थर्ड एन वेरिएशन थर्ड एन में मेरा कॉमन मूह है बिशअ जी फोर यहाँ है बिशअ ई उसके बाद क्विंटेक्स डी फाइव नाइट c3 और यहां क्वीन h5 फाइव ये क्वीन का मेनोरिंग काफी बढ़िया है बहुत सारी गेम से रिस्क है लेकिन ब्लैक के फेवर में है देखते आगे क्या होता है h3 सरप्राइज नाइट c6 देखो नाइट से सिक्स ये कोई ब्रिलियंट मूव नहीं है क्योंकि h3 से बिशप मारा नहीं जा सकता आप देख सकते हो क्वेंटेक्स एच वन रुक मिल रहा है हमें वाइट कैसल और यहाँ पे मैं आपको सरप्राइज करूँगा लॉन्ग कैसल करके क्योंकि ये लाइन में विशअप सेक्रीफाइस करने के बाद ब्लैक के पास इतना अटेक रहता है कि हर एक वेरिएशन में ब्लैक की विनिंग आती है जैसे कि एच क्रॉस जी कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसमें हम हार भी सकते थोड़ा रिस्क है मैंने आपको पहले ही बताया कि ओपनिंग सीखने से गेम हम जीत गए ऐसा आपको मानना नहीं है ऑन ऑनबोर्ड आपको मूव निकालने पड़ते हैं अब यहाँ पे नाइट क्रॉस जी फोर मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा आपको सिंपल पता चल जाएगा कि नाइट डी फोर नाइट टेक्स नाइट और क्वीन एच टू चैक तो नाइट डी फोर से बचने के लिए व्हाइट खेल रहा है डी सबसे पहले मैंने सोचा कि नाइट डी थोड़ा अर्ली है क्योंकि वाइट का प्लानिंग है नाइट डी के रिप्लाई में बिशअ एफ आएगा और वो अपना एस टू जो स्क्वायर है वहां पे कंट्रोल कर लेगा तो यहां पे मैंने खेला है ई फाइव बिशअ एफ को स्टॉप कर दिया नाइट डी फोर हम कभी भी खेल सकते हैं व्हाइट खेल रहे बिशअप ई थ्री और यहां एफ फाइव दोस्तों यहाँ पे आप पीस डाउन हो लेकिन अटैक आप देख सकते हो कितना किंग साइड खतरनाक एटैक है नेक्स्ट में हम खेलने वाले हैं एफ फोर और धन नाइट डी फोर और फिर आराम से ब्लैक सेम गेम जीत सकते हैं। तो व्हाइट ने रिप्लाई दिया यहाँ पे जी थ्री एफ फोर को उसने स्टॉप किया अब आप देख सकते हो कि डी का पॉन यहाँ पे पिन है रुख से तो यहाँ हम सिंपली फोर कर सकते है e4 के रिप्लाई में यह नाइट H4 आएगा, अब टेक्स नाइट की थ्रेट है। लेकिन हमें तो तो तो की रखनी है, तो एक इधर तो मुझे चाहिए ही चाहिए तो नाइट c6 वाला e5 पे वाइट रिप्लाई दे रहा है d4। तो d4 से यह नाइट मार तो सकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पॉन पिन है तो हम सिंपली डेवलप करेंगे जी फाइव से अब उसे नाइट हटाना पड़ेगा अगर नाइट हटाया तो क्वीन एस टू चैकमेट है तो यहां पर हमने जो पीस सेक्रीफाइस किया था दोस्तों ये हमें वापस मिल गया. देख सकते हो किंग जी टू और ऑन टेक्स नाइट वाइट खेल रहा है रूक एच वन हर एक मूव आपको देखने लायक होगी इस गेम में रुकेच वन रुकटेक्स पोन की थ्रेट है तो हमने सिंपल D7 और यहाँ पे फोन को सपोर्ट किया था कि वो पोन टेक्स पॉन मारे लेकिन रूप टेक्सोन पॉसिबल नहीं उसके बाद व्हाइट रिप्लाई दिया बिशअ एफ अब ये नई थ्रेट है बिशअ टेक्स नाइट क्योंकि हम नाइट से नहीं ले सकते बिशअ से हमारा भी नाइट तो पिन है तो इसके रिप्लाई में दिया है नाइट जी काउंटर अटैक ऑन रूप एफ नाइट टेक्स ये क्या है बहुत ही गजब सैक्रीफाइस लेकिन इसका भी रिप्लाई मेरे पास रेडी था नाइट चेक आफ्टर रुक जी और यहां पे वाइट ने रिजाइन किया तो इतने ही मुंह की गेम थी अब आप देख सकते हो वाइट क्यों रिजाइन कर रहा है क्योंकि पॉन टेक्स नाइट भी है और नाइट इ थ्री चैक में डिस्कवर चेक में उसकी क्वीन के थ्रेट है तो कैसे ब्रिलियंट गेम थी ये मैं एक और गेम बताना चाहूंगा आपको जो आज ही खेली गई है दोनों इसमें एंड गेम काफी बेहतरीन खेली थी मैंने ब्लैक से और इसी प्रकार आप भी गेम जीत सकते हो तो मेरी बहुत सारी गेम्स आप देख भी सकते हो लीचेस, मेरा 28 वाला अकाउंट है नाइट नाइट नाइट ये नया वेरिएशन लीचे कई लोग नाइट एफ करते हैं कई लोग डी फोर करते हैं तो सभी वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में मेरे सारे वीडियो में तो ध्यान रखिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों नाइट टेक्स डी फाइव नाइट टेक्स डी फाइव नाइट क्वीन टेक्स डी फाइव नाइट एफ थ्री बिशअप जी फोर ये स्ट्रक्चर ब्लैक की फेवर में ही होता है बहुत मजा आता है इस स्ट्रक्चर से खेलने को बिशप ई टू देन ई फाइव एच थ्री बिशअप एच फाइव देन कैसल नाइट सी सिक्स नाइट इनटू टू मैं शॉकिंग हो गया यहाँ पे मुझे पॉन देना पड़ रहा है मैंने बहुत कैलकुलेट किया कि ये तो मैंने गिना ही नहीं था मेरे सारे वीडियो में मतलब मैंने सारे जो प्रिपरेशन की है उसमें ये मुँह तो कहीं आया ही नहीं है तब मुझे समझ में आया कि ये मुँह गलत है क्यों गलत है वो मैंने बहुत सोचने के बाद देखा अब देखते है कैसे गलत हो रहा है बहुत सारे मुंह के बाद यह गलत है क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर इस मुंह को रॉन्ग बताता है e5, रूक ई वन ये प्लान था अपोन का कितने मूव दूर का कैलकुलेट कर दिया है उसने लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं मैंने एफ सिक्स से सपोर्ट किया डी फोर कोर्स मूव है वरना मेरा नाइट सेव हो जाएगा यहां पर मैंने लॉन्ग कैसल किया ताकि मेरा पौन बचा रहे पौन कैसे बचेगा आप देख सकते हो कि पॉन्टेक्स नाइट पॉन टेक्स फोन पौन और रूक टेक्स फोन की थ्रेट है लेकिन रुक टेक्स फोन ब्लेंडर मूव होगा किंग h2 और बिशफ से रुक पिन हो रहा है तो उसने पहले काउंटर किया बिश g5 क्योंकि रुक टेक्स आप देख सकते हो कि अगर उसने रूक टेक्स किया तो यहां बहुत बढ़िया थ्रेट है रुक चेक किंग एच टू देस रुक तो सामने वाले ने काउंटर किया लेकिन काउंटर से मेरा पौन सेव हो, हो जाता है सिंपल रुक ये अब उसका प्लानिंग मुझे समझ आ गया कि मेरा जो आइसोलेटेड पौन है उसके ऊपर उसकी नजर है वो पौन कैसे भी करके वो मारना चाहता है मैंने कुछ ऐसा मुंह किया है और बिशअप सी फाइव मैंने पौन को सपोर्ट नहीं किया काउंटर अटैक मुझे बहुत पसंद है दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि काउंटर अटैक से ही गेम जीती जाती है बिशअ एफ टू की थ्रेट है रुक एफेट आके तो रूक डी वन और रुक एफेट अब उसे इसका जवाब पहले देना पड़ेगा क्योंकि बिशअप एफ टू और उसका रुक जा रहा है उसने सामने रिप्लाई दिया बिशप ई थ्रेट फिर से सोच में पड़ गया काफ़ी अच्छा मूव है व्हाइट का रिप्लाई कैसे दूँ तो यहाँ पे मैंने बिशअ से फोन को सपोर्ट कर दिया और बिशप डी फोर अब यहाँ मुझे बहुत सोच में पड़ा बहुत सोचने लगा क्योंकि ये फोन को ऑलरेडी तीन अटैक आ चुका है और मैं फोन से बिशप मार नहीं सकता क्योंकि मेरा रुक अटैक में है तो यहाँ पे रुक एफ फाइव सपोर्ट किया मुझे पता है जी फोर आएगा और ये सारे मुझे कैलकुलेट किया है जी के बाद रुक जी आफ्टर एच रुक जी अब आप देख सकते हो हमारा भी काउंटर हो गया हम पॉन डाउन नहीं होंगे क्योंकि अगर वो ये पॉन लेता है तो ये सारे पीसेस एक्सचेंज करने के बाद रुक इनटू टू जी फोर चेक से मर रहा है एफ थ्री किया है और यहाँ पे रुक एफ एट एक और मुंह पॉन बचाने का अब देखो गेम एकदम स्टेडी है हालांकि ये गेम में वाइट की ब्लैंडर से जीता हूँ लेकिन यहाँ ब्लैक लॉस में नहीं है ब्लैक व्हाइट को भी रिप्लाई देना था बिशअ से ये पोन मार के ये वाला पौन देना चाहिए या तो फिर सिंपल बिशफ हटा देना चाहिए लेकिन बिशअ हटाएगा तो उसका एफ थ्री पोन मार के हम प्लस हो जाएंगे तो सिंपल उसे बिशप टेक्स पोन मारना चाहिए उसके बदले उसने क्या किया है उसने ये नहीं देखा कि रूख मेरा बैक साइड से हट गया है तो ये पिनिंग में से पोन हट गया है उसने किंग जीतू किया और बाद में पाउन टिशप और वाइट ने यहाँ रिजाइन कर दिया तो ये एक छोटी सी वाइट की बहुत बड़ी ब्लंडर थी ब्लंडर के हिसाब से मैं जीता हूँ ये गेम लेकिन इसी पोजीशन से आप आगे खेल के देखिए आप किसी फ्रेंड के साथ ये पोजीशन रख के ब्लैक पीसिस लेके एंड गेम खेलिए बहुत मजा आएगा दोस्तों तो कैसी लगी वीडियो लाइक कीजिए और कॉमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे आगे भी दूसरे वीडियो बना कैसे बनाने कैसा मुझे सुधार करना है मुझे पता चलेगा थैंक यू जय हिंद जय गुरुदास जल्द ही मिलेंगे